दम जी आप सूती लागो हो। एक बात बोरा माने ना सूती लागो लागो बात देखते ही बजा मेरे दिल का शे जाने की पायक वाला खाजुआ रुक वीडियो बन रही है पिटवागा ले जाएगा के यार तेरह यार या मैं फ्लैट ला ले छोरियां की रख हवा टाइट लाड ले या तेरा यार याम फ्लैग लाड ले छोरियां की रख हवा या तेरा यार याम फ्लैग लाड ले छोरियां की रख हवा टाइट लाड ले या तेरा यार ते याम फ्लैग लाड ले छोरियां की रख हवा टाइट लाड ले छोरियां की रख हवा टाइट लाड ले नु बोली दिल दिल दिल मग मग ना देता जी, जी, मिल कितना भी मिल लो जी। तेरी अपनी अपनी आजकल चोरी होट लाग रही मैंडी किसी दिखे में रोड चाट रही पेंट का डिब्बा खुला देगा सर मैं मन तू लूज लग लाग्री मकू का घड़िया जब पैड जा तू जड़ मैं की कोशिश न लूंगा पकड़ मैं छोरा भड़क मैं गांव में ले आऊंगा भैंसर और डांगरा की कुर्ती गोबर तक आएगी जो तुझे तु मम्मी की याद तो टेंशन न ले वीडियो कॉल कराऊंगा अब कहा जा रही पकड़ लेरा जा रिया में फ्लैट लाड ले चोरिया गिरा के हवा टाइट लाड ले यार तेरा यार यहाँ फ्लैट लाइट या की हवा या तेरा यारिया में फ्लैग लाड ले छोरियां गिरा के हव टाइट लाड ले या तेरा यारिया में फ्लैग लाड ले छोरियां गिरा के हव टाइट लाड ले छोरियां गिरा के हव टाइट लाड ले आरपी सिंह ने मैं सुनु दिन रात भाइयों चबी ग्रेट गोल्ड छोरा लेके पादर भाइयों मकर रै पताई छोरियां ने लूटता चले छोरा लुक जम देसी गण खास लइयो बबलू ठाकुर जो डंडसा दुबला सा दिखै या एक दिन देख ये सुना मिलावगा छपरोलिया कपलन भी भर लिए चाबी खुल के इनाम का ब्रांड लावगा छोरा कुल्के इनाम का ब्रांड लावगा छोरा कुट के ही नाम का ब्रांड लगा का XR पीस वाले आ गए हैं शिपरोली का बिल सी ट्रैक जे दिन सेरा मनोज लेहरिंग ऑन द वे बेबी या तेरा यारियां में फ्लैग लाड ले छोरियां की रंक हवा टाइट लाड ले या तेरा यारियां में फ्लैग लाड ले छोरियां की रंक हवा टाइट लाड ले